बताना क्या है उनको तुम्हें चुप कराना हम तेरे ना हुए उनके भी होंगे ना हम वादा करते हैं क्या तुम भी करते हो एक बात बताओ तो या घो में मरते हो क्या तुम से अभी मोहब्बत करते हो